सबसे पहले आई एम एब्सोल्युटली सॉरी बिकॉज ये वीडियो लाने में मैं काफी ज्यादा लेट हुआ बट स्टिल तो प्लीज की टाइम मुझे मूवी well, के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो सीधे सीधे ये ट्रेलर बैटमैन एंड सुपर गर्ल के ट्यून को फोकस करता है एंड अभी तक इस मूवी का मैन विलन देखने को नहीं मिला तो हॉफ सर के काफी ज्यादा इंटरटेनमेंट एंड मूवी धमाल मचाएगी तो लोग इस ट्रेलर हैं पे देते हैं। और लगाते के ट्रेलर में। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें पहला वैन का देखने को मिलता है जहां माइकल गिटोन का बैटमैन बैरी को कुछ मेस बात समझा रहा होता है जहां वो बताता है मैंने अपना पार्ट सुधारने के लिए बैटमैन बना वेल मैं तुम्हें बता दू जो ट्रेलर में हमें बैटमैन का हाउस दिखाया गया है वो टीम बर्टन की बैटमैन मूवी से अलग है टीम बर्टन वही है जिन्होंने नाइनटी में बैटमैन मूवी को डायरेक्ट किया था वही नेक्स्ट शॉट में हमें ब्रोस वैन की फैमिली पिक्चर देखने को मिलती है और उसके बाद बैटमैन का गेमिंग सेटअप देखने को मिलता है जो कुछ चीजों को छोड़कर सब कुछ अपग्रेड कर दिया गया है वही इस वाले सीन में हमें यहाँ पे बैटमैन का शूट देखने को मिलता है वही बैटविंग एंड बैट मोबाइल को भी देखने को मिलता है और इस वाले सीन में ये जो चेयर है वो बैटमैन मूवी की है जिसे चेंज नहीं किया गया वेल उसी नेक्स्ट वाले सीन में हमें बैटविंग देखने को है और उसके बाद हमें बैटमैन का सूट देखने को मिलते है जो बैटमैन ने अपने तरक्की के टाइम अपग्रेड किया होगी उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हमें वही एल एलेन की स्टोरी बताई जाती है कि उसने कैसे टाइम ट्रैवल किया एंड पास्ट को बदल दिया नेक्स्ट शॉट हमें क्रिप्टोनियन टेराफॉर्मिंग डिवाइस देखने को मिलता है जो अर्थ पे अपना काम स्टार्ट कर चुका है एंड नेक्स्ट शॉर्ट में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल बच्चे के पीछे कोई तो खड़ा है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एलर में सब कुछ ब्लर है इसलिए कुछ भी नोटिस नहीं किया जा रहा मगर मूवी में हमें पता चली जाएगा एंड आई थिंग डेट मी गेट मेरे हिसाब से वो शायद बैरियलनियो बाद उसके बाद हमें जनरल जो का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है भाई हमें इस वाले सीन में जो बिल्डिंग दिखाई गई है वो मार्था वैन की तो फ्लैश पॉइंट स्टोरी में जोकर बन जाती है इसके बाद हमें नेक्स्ट शॉट मिलता है सुपर गर्ल का जो बैरी एलन से ये पूछती है निशान का मतलब क्या है पता है इसका मतलब उम्मीद है ना एंड उसके बाद माइकल किटन का बैटमैन की बैटलाइन सुनने को मिलती है अगर वो सुन की है तो मैं उसका बात हूं एंड उसके बाद हमें एक ही फ्रेम में सुपर गल एंड बैरी एल के दो फ्लैश देखने को मिलते हैं जहाँ हमारा फ्लैश अपने फ्लैश सूट में होता है वही रिसेंट यूनिवर्स का फ्लैश बैटमैन के सूट को, को रेड कलर करके फ्लैश सूट बनाया है वही इसी वाले शॉट में हमें वॉर देखने को मिलती है एंड उसके बाद बेन एफ्लेक की एंट्री एंड उसके बाद मल्टीपल वॉर के शूट दिखाए गए हैं एंड उसके बाद बैरी को पावर सप्लाइंग मोवमेंट देखने को मिलता है जहाँ बैरी फ्लैश की पावर से पूरी तरह से जल चुका है एंड इसी से बैरी को फ्लैश की पावर मिलती है जो सेम इंसिडेंस कॉमिक से एडप्ट किया गया है एंड उसके नेक्स्ट वाले शॉर्ट में हमें बैटमैन नजर आता है एंड उसके अराउंड वॉल हो चुकी है जहाँ तुम एक साइड की आर्मी को देख सकते हो वही दूसरी साइड गवर्नमेंट आर्मी को देख सकते हो वेल well, ट्रेलर काफी ज्यादा मजेदार था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह ट्रेलर पसंद आया होगा वैसे जापानीज ट्रेलर में डिटेल्स ज्यादा है बट वो सब एक्सप्लेन करने बैठोंगा तो आई थिंक ये मूवी पूरी स्पॉयर हो जाएगी तो उसे रहने ही देते है वह आपको ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताना अगर ब्रेक पसंद आया हो तो लाइक करे और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय